पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है यह या यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों को भी इस यात्रा से जुड़ना चाहिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है यात्रा मार्ग में जहाँ कोई गाँव या आबादी नहीं है वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं कमलनाथ ने कहा मैंने कल स्वयं जाकर यात्रा मार्ग का अवलोकन किया निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा का प्रभारी बनाया गया है यात्रा शेरा की विधानसभा से गुजर रही है शेरा और उनका परिवार पूरी तरह से कांग्रेसी है उनके भीतर कांग्रेस का डी है उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को देश का तिरंगा उठाने में पेट में दर्द क्यों होता है भाजपा वाले और बाकी लोग भी आकर यात्रा से जुड़े कमलनाथ ने कहा मैंने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और उनसे कानून के मुताबिक कार्य करने के लिए कहा है यह पत्र लिखने में क्या बुराई है भाजपा खुद भी ऐसा पत्र पुलिस अधीक्षकों को क्यों नहीं लिखती किसी को आदेश देने की जरूरत सब अपने आप के के रहे हैं कि हम शामिल होंगे हम ये कर रहे हैं बॉल राइटिंग कर रहे हैं भीड़ जमा कर रहे हैं कहीं जहाँ आबादी नहीं है वहाँ भी जब मैंने कहा की वो दो चार पाँच किलोमीटर बाय रोड हो सकता है उन्होंने इनकार किया नहीं बहुत भीड़ होगी ये था एक गांव नहीं है एक बस्ती नहीं है एक धोबड़ी नहीं है वहाँ भी सुरेंद्र सिंह शेरा वहाँ के विधायक हैं है स्वतंत्र विधायक है इंडिपेंडेंट विधायक हैं है। उनके भाई मेरे साथ संसद में रहे दोनों भाई आ, शिव कुमार सिंह और महेंद्र सिंह मेरे साथ संसद में रहे अगर उनका खून में उनके डीएनए में कांग्रेस है तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हुए मुझे ये बात नहीं समझ आती ये तो हमारे मामले है वो खबरें